Mm. मेरी हर सास में तू ही है अच्छा? जिंदगी भी तू ही है जिंदा भी तेरी वजह से ही हूँ अगर तू बात नहीं करेगा तो हालत तो खराब होगी नाइल